और समय देने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं एक ही कहने आया अगर तो हमें, हमें, हम तो हमें कभी अधिकार नहीं मिलेगा इसलिए तो निवेदन है देवेंद्र जी ने जिस तरह से कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है हमारा जो शेड्यूल है हमने सारे इक्यासी का इक्काशी विधायक के 10 तारीख से हमारा 25 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा कि उन विधायक से हमने मांग रखेंगे आपको जिस विधानसभा से आपने आपको मैंने भेजने का काम किया आप मेरा एक पत्र ले पत्र बनेगा जो नियम नीति के पक्ष में बनेगा जो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में बनेगा ओ हमारा लेटर जारी होगा दो चार दिन के अंदर और उस लेटर के माध्यम से उस वहां के एक एक विधानसभा सितारे पेड़ा विधानसभा हो दुमका विधानसभा हो जमा विधानसभा हो एक एक विधायक को उसमें शपथ पत्र में उसको समर्थन पत्र उससे मांगेंगे अगर नहीं देता है उस विधायक को कोई भी छत उसको सूचने का कोई भी नहीं है यह संकल्प लगाती है और मैं इसीलिए कहता हूँ उनके साथ साथ हमारे जितने भी कॉलेजेस हमारे जो देवेंद्र जी ने कहा जितने भी कॉलेजेस हैं गांव हैं देहात हैं हमारे पंचायत हैं पंचायत के हमारे जैसे मुखिया हैं वार्ड हैं जिला परिषद हैं समिति हैं इन लोगों से मेरा गुजारिश रहेगा प्रधान संगठन से मेरा गुजारिश रहेगा नायकी से गुड़ी से मेरा गुजारिश रहेगा पुरानी से गुजारिश रहेगा आप भी अपना अपना गांव में इस आवाज को बुलंद करें ताकि आप भी एक एक बच्चा को एक एक लोगों का हक और अधिकार का मिल सके हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करेंगे और इसीलिए मैं कहता हूँ 25 तारीख के बाद सारे गांव में एक एक सकुआ पत्ता को लेकर के हम लोग घूमेंगे और एक एक जन जन को नगारा बजा करके एक एक आदमी को जगाने का काम करेंगे हमको इस चीज का हम लोग और जब तक हम नगाड़ा और सकुआ का पत्ता गांव में नहीं घुसाएंगे और जिस दिन नगारा बजी और जिस दिन एक एक आदमी का कहा जो पत्ता घूमा सोच लीजिए सरकार का उल्टी गिरती शुरू हो गया तो जानता हूँ अगर अंग्रेज को भी भगाने का काम किया था और आज हम लोग नगाड़ा बजाय बजाय का पत्ता हाथ में फैमेंगे उस दिन यहाँ पे हम सरकार को पांच सेकंड में भी हमको फेंकने का समय लगेगा मैं इस चीज को ले देता हूँ भाई हम क्या कोई कोर्ट या कचहरी तो नहीं हूँ मैं सरकार को तारीख को तारीख दू मेरा क्या मेरा जी इंतजार कर रहा रहे उसके लिए उनका दवा उसका बेटा उसका बेटी उसका गाड़ी उसका बंगला मेरा टैक्स को पैसा से खाए और हम उसको तारीफ दें मैं इस चीज़ के मैं नाव करता हूँ मैं, मैं लेना चाहता हूँ और हद अधिकार नहीं दे तो मैं छीन कर लेना चाहता हूँ इस का हमें डिसीजन होना चाहिए तो इसीलिए मैं निर्दय करता हूँ सभी लोगों से कि हमारा जो तारीख है हमारा जो 10 तारीख से पंद्रह 25 तारीख तो सभी जनप्रतिनिधियों को एकासी का एकासी चाहे वो विधायक हो या चौदह मेरा एम पी हो चाहे पक्ष हो चाहे विभक्त हो सभी लोग को उस समर्थन पत्र हम लोग देंगे अगर नहीं दिया तो उस विधायक को उस एरिया में जाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा ये हमें आज निर्णय हमें करना चाहिए और इसके बाद हमारे जितने भी हमारे कॉलेज हैं और छोटे छोटे स्कूल है गाँव में पंचायतों में गांव में उन सभी स्कूलों से भी हम एक एक छोटे छोटे बच्चों से उसका अधिक उसमें उसका समर्थन पत्र में उसमें सिग्नेचर करके राज्य सरकार को देंगे अगर उतना में भी अगर नहीं मानता है तो हमारा उसी दिन से हमारा जो पच्चीस तारीख के बाद से दस और ग्यारह तारीख को अड़तालीस घंटा का पूरे आर्थिक नाकाबंदी पूरे झारखंड में रहेगा इस वक्त लोगों और देना जान सकता हूं। मैं आपको में बैठा सकता हूँ के के कुर्सी में और जो जो उसको टाइट करना पड़ेगा और एक दिन ऐसा होगा उसको कहीं अपना विधानसभा में कोई जगह ना मिले ऐसा भी दिन इसी के लिए हमें लड़ना है इसीलिए मैं तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं बड़े लोग छोटे लोग मेरे सारे बुजुर्ग लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ अगर आपका एक एक बच्चा आपका एक एक अधिकार के लिए आपका भविष्य अपना बच्चा का भविष्य के लिए आपको अगर अगर लड़ना है तो हम जो हमारे जो जितने नेतृत्व करता सारे लोग मुख्य संगठन के जितने भी लोग हैं हमारे मंजार संगठन के जितने भी लोग सामाजिक संगठन के लोग मैं तमाम लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से आप लोग के बदौलती इस झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल पाएगा अन्यथा आपका एक एक जनता आपका नौजवान अंधकार में चले जाएंगे इसी को लेकर के आपका साथ और सहयोग देना बहुत जरूरी है और आपने आज जो, जो आया मैं इसी से समझ गया हूं आपने अपने यहां के नौजवानों के लिए जनता के लिए आप आप पे पर, आप उनके है। मुझे आज एहसास हुआ आप लोगों ने आपको मैंने भी क्या कहा शायद सो रहे होंगे मैं उन वक्त को फोन किया था मुझे याद है कल भाभी ने उठाई तो फिर ने बोला कि मैं मुरा बोल रहा था इसके उन्हें बोला बात किया बोला दादा ऐसा बात है आप लोग को उन्हें तो बाइक पे हम लोगों का फोन पे